अरे भाई।, भाई भाई भाई भाई भाई अरे भाई अरे कहना क्या चाहता है वो तो बता भाई आप तो बहुत जादू जानते हो यार मुझे जादू करके नूब से प्रो बना दो चल ठीक है तू फैक्ट्री में आ हाँ मशीन के अंदर घुस हाँ, अब देख बन गया ना प्रो well done, well done, well done.